दुनिया के जरियस फीस जिनके बाढ़ से बच पाना नामुमकिन है ये इतना है कि हम इंसानों को पलक झपकते ही निकल सकते हैं। पूरे दुनिया में लगभग मछलियों की बत्तीस हजार प्रजाति पाई जाते हैं, जिनमें से कुछ खाए जाते हैं और कुछ इतना डेंजरियस होते हैं, जिनको छूने से भी मौत हो सकता है आज की ये वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे दुनिया के 10 खतरनाक मछलियों के बारे में जिनमें से तेज बिजली देने वाली मछली मजबूत दाँतों से लोहे तक को चौ जाने वाली मछली और अपनी पहनम से किसी भी जानवर को मारने वाला मछली शामिल है मोरे इल मोरे के लगभग 200 अलग अलग प्रजाति पाए जाते हैं जिनकी साइज दस सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक होती है जिनमें से ये भी सबसे डेंजरियस है वजह है इसका जबड़े अगर किसी भी मछली या जानवर की बात कर तो उसके पास एक ही जबड़े होते हैं। लेकिन मोरे इल के पास दो अलग अलग जबड़े होते हैं एक बाहरी तरफ नोकेले दांतों से भरा जबड़ा और दूसरा मुंह के अंदर गले के पास पाए जाने वाला जबड़ा जब ये किसी भी जानवर का शिकार करता है तो बाहरी जबड़े ऐसी कस कर दो जबड़े ऐसी चिरते हुए अंदर की तरफ घसीट लेता है मोरे इल समर के गहराई में रहना पसंद करते हैं और ये चट्टानों और दरारों में छुपे रहते हैं ताकि अपने शिकार को घातक हमला कर सके मोरे इल आम खेक छोटे सात ऑक्टोपस सांप जैसे जीवों का शिकार करते हैं और जरूरत पड़ने पर पढ़ समुन्द्र में गोताखोर लोगों को भी नहीं छोड़ते स्टोन दुनिया के सबसे जहरीला और घातक मछलियों में से एक है ये एशिया के इंडो पैसिफिक में पाए जाते हैं इनकी खास बात यह है कि ये समुद्र तल पर पत्थर यानी स्टोन की दिखाई देते हैं और इसी वजह से इनका नाम स्टोन रखा गया है समुद्र की गहराई में इस मछली को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये चट्टानों के बीच में रहती है और पत्थर जैसे दिखती है इसी रूप की वजह से ये अपने पास आने वाले शिकारों को आराम से दबोच लेता है यह फीस पानी के बाहर भी 24 घंटा रह पाती है ऐसे में ये फीस समुद्र के बाहर यानी बीच पर निकल जाती है और हम इंसान इसे जाने अनजाने में स्टोन समझ इस पर पाव रख देते हैं और हम आसानी से इसका शिकार बन जाते हैं। टोन के शरीर पर ऐसे 17 नुकीले कांटे होते हैं। जब ये किसी भी शिकार के अंदर घुसते हैं तब ये कांटे जानलेवा भैनम जहर छोड़ते हैं, जो किसी भी इंसान को दो घंटे के अंदर मार सकता है इलेक्ट्रिक इ इलेक्ट्रिक इजन नदी के सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है और इसकी एक खूबी बाकी मछलियों से इसे अलग बनाती है वो है इलेक्ट्रिक पावर जो किसी भी इंसान को एक बार में ही स्वर्ग तक पहुंचा सकता है इस मछली के अंदर हमेशा 600 वोल्ट इलेक्ट्री दौड़ती रहती है अगर कोई भी शिकार इसके पास आ जाए तो अपने कुंडलियों में फंसा कर मछली उसका जान ले लेती है इलेक्ट्री के साइज दो मीटर लंबा और वजन बीस किलो तक हो सकता है इस फीस ऐसी बाकी सारी जीप रहना पसंद करते है। और किसी भी इंसान इसे छू ले तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच जाता है और समय पर चिकित्सा ना होने से ये हॉट हॉटफेयर के कारण उसका जान भी जा सकता है बिराना फीस बिराना फीस दुनिया के सबसे डेंजरियस फीस में से एक है ये डेंजरियस होने का बजाय इसके नुकले दांत और मजबूत जबड़े जो लोहे तक को चवा सकते हैं बिराना मछली का साठ अलग अलग प्रजाति पाए जाते हैं जिनमें से ये लाल पेट वाले मछली को सबसे डेंजर माना जाता है जो अपने पास आने वाले किसी भी जानवर को वोटी बटी कर चवा जाता है और ये मछली अपने शिकार की तलाश में हमेशा रहता है ये मछली ज्यादातर साउथ अमेरिका के समुद्र पर पाए जाते हैं उनके दाँत और जबड़े इतनी मजबूत है की किसी भी चीज इसके मुँह के पास आए उसे कैंची की तरह काट लेते सौ फीस सौ फीस शार्क के प्रयातिके होते हैं जो देखने में बाकी शार्क से अलग होते हैं क्योंकि इनका नाक दो फीट छह इंच तक लंबा होता है जिन पर कई सारे नुकीले कांटे होते हैं जो लकड़ी काटने वाले मशीन की तरह किसी भी शिकार को दो टुकड़े कर लेते हैं सौ फीस बीस फीट से 25 फीट लंबी होती है और ये फीस आमतौर अटलियन में पाई जाती है ये फीस इतनी डेंजर है कि अपने से बड़े जानवर पर भी अटैक कर लेती है इससे भी डेंजरियस मछलियों के बाद सीरीज के सेकंड पार्ट में होगा तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे